Christ Christ at 30. 30 साठ साल की उम्र में करियर शुरू किया जो Biden जो आज प्रेजिडेंट है 75 साल की उम्र में प्रेजिडेंट बने Age matter ही नहीं करता यह matter नहीं करता कि आपका उम्र क्या है आप कब शुरू कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं अंग्रेजी आती है कि नहीं आती परिवार संपन्न है कि नहीं एक ही चीज मैटर करती है साला खुद पे भरोसा है कि नहीं और किसी भी उम्र में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता